या आपको पता है इंडिया में नाइन्टी नाइन परसेंट एन ऐसे ही स्केम कर रहे हैं ये लोग एनजीओ के नाम पर इंडियंस और विदेशी से फंडिंग लेके इंडिया में सारे गलत काम करते हैं और ये एनजीओ ऑफिशियली रजिस्टर होते हैं और इनके पास हरेक लाइसेंस भी होते हैं तो कैसे फ्रॉड करते हैं जानने से पहले आप भी अगर मेरी तरह महादेव को मानते हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना देखिए एक वेबसाइट बना लो एनजीओ के नाम ऐसी डॉक के रिलेटेड क्यूँकी डॉक के नाम ऐसी आसानी से पैसे मिल जाते हैं फिर एक इंस्टा और एक एफ पेज बना लो और वहाँ पे एड चलाने लग जाओ कि ये कुत्ते बीमार है इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए और लाखों लोग रुपए डोनेशन देंगे और सिर्फ इंडिया से नहीं विदेश से भी डोनेशन आएगी ऐसे होते हैं एनजीओ के नाम पे स्कैम। तो अगली बार किसी को डोनेट करते हो तो पहले सौ बार वेरीफाई कर लेना मालूम पड़े आपके पैसे ऐसी कोई यूरोप में छुट्टी मना रहा है